नमस्कार दोस्तों मैं विनय यादव आज फिर आया हूं आप लोगों के समक्ष अपनी पुरानी वीडियो के कंटिन्यूएशन में जहां मैंने बताया था कि उत्तराखंड में प्रॉपर्टी खरीदने के लिए जो भी अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स हैं जो भी आप लोगों को चाहिए जिन चीजों पे आप लोगों को ध्यान देना है मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा और ऐसा क्या करे जिससे की हमारे साथ धोखा ना हो पाए कोई डीलर या ब्रोकर हमारे साथ धोखा ना कर दे कुछ फ्रॉड जैसी चीज़ ना हो पाए तो आज इस बारे में चर्चा करते हैं तो सबसे पहले जो भी मेरे भाई लोग मेरे यार दोस्त प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं उत्तराखंड में ध्यान रहे कि आपको ओनर का आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना बहुत ज़रूरी है आइडेंटिटी वेरीफिकेशन आप कैसे करेंगे आप ओनर से उसके चार डॉक्यूमेंट्स ले लें अगर चार में से दो डॉक्यूमेंट भी मिल जाते हैं तो सफिशेंट है बट मेक श्योर आधार आप उसका ज़रूर ले। तो चार डॉक्यूमेंट हो गए उसका आधार कार्ड की कॉपी, वोटर आईडी कार्ड की कॉपी, पैन की कॉपी और लाइसेंस की कॉपी। आप ये चार डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं इसमें से अगर आपको आधार या आधार के साथ पेन या आधार के साथ में आपको ड्राइविंग लाइसेंस या आधार के साथ में वोटर आईडी कार्ड कोई दो डॉक्यूमेंट्स ही मिल जाते हैं तो आपका काम हो जाएगा दूसरा आधार की वेबसाइट पे जाके जो कि यू आई डी ए आई के नाम से है आप गूगल पे जाके चेक भी कर सकते हैं कि जो आधार नंबर उसने दिया है आपको क्या वो वाकई में करेक्ट है कहीं ऐसा तो नहीं उसने बीच में चेंज करा लिया हो या हो सकता है उसका नाम कुछ और हो आधार में कुछ और दिखाई दे रहा हो तो एक बार वो वेरीफाई करना बहुत जरूरी है तो प्लीज अगर आपको फ्रॉड से बचना है तो एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें सेकंडली ये भी देख लें कि पैन और आधार पे जो नाम है वो मैच करते हों। अगर एक दो लेटर का मिसमैच है तो चल सकता है बट अगर ग्रॉस मिसमैच है तो पैन पे अगर विनय लिखा है और आधार पे गोपाल लिखा है तो अगर दो बिल्कुल डिफरेंट नाम आ रहे हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ है दूसरी और जरूरी चीज है प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन कर लेना तो प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन के लिए आप 12 साल डॉक्यूमेंट निकलवा लीजिए 12 साल डॉक्यूमेंट जो होता है उसमें सारी चीजें बड़ी क्लियरली मैंशन होती है वेदर दिस इज एन एग्रीकल्चर लैंड या ये रेजिडेंशियल लैंड है या कमर्शियल है वो सब मेंशन है उसमें प्लस जमीन का ट्रांसफर कैसे हुआ है पिछले बारह साल में तो विरासतन तौर पर वो एक दूसरे को ट्रांसफर हुई है जिसे हम दादा लाइफ प्रॉपर्टी कहते हैं तो दादा पापा को पापा से पोतों को अगर वो प्रॉपर्टी है तो वह भी लिखा होगा और साथ के साथ अगर वो प्रॉपर्टी परचेज की है तो किसने बेचा किसने खरीदा फर्दर आगे किसको बेची गई वो प्रॉपर्टी ये बारह साल डॉक्यूमेंट में लिखा होता है तो ये लेना बहुत जरूरी है प्लस इसका फायदा एक और है कि अगर कोई भी कोर्ट का ऑर्डर हुआ है कोई डिसीजन हुआ है आदेश दिया है वो बारह साल में मैंशन होता है तीसरी चीज आपको ये चेक करना है की इस प्रॉपर्टी पे कोई बैंक लोन तो नहीं है या ये प्रॉपर्टी किसी के पास गिर भी तो नहीं रखी तो वो आप कैसे देखेंगे आप देखना उसे दाखिला खारिज से अभी हाल फिलहाल में क्या हो रहा है एक व्यक्ति जो जमीन खरीदता है बाहर का व्यक्ति है उसने जमीन खरीदी और जब दाखिला खारिज कराने गया तो डीलर ब्रोकर ने मना कर दिया बोलता है साहब अब अगली बार करा देंगे अभी कोरोना की वजह से काफी कुछ इंस्टीट्यूशन बंद है तहसील में कोई आ नहीं रहा तो इस तरह से वापस भेज दिया जाता है और इन बिटवीन अब क्या है कोई रोज रोज तो जा नहीं सकता उत्तराखण्ड अभी प्रॉपर्टी को देखने तो अगर वो व्यक्ति छह महीने बाद साल भर जाता है तो उसे पता लगता है अरे ये प्रॉपर्टी तो तीन बार बिक चुकी है तो याद रहे दाखिला खारिज एक ऐसी चीज है जिसमें बड़ा क्लियरली होता है कि पहले किसका दाखिला था फिर वो दाखिला खारिज होता है और फिर वो आपका दाखिला उस पर चढ़ता है तो दाखिला खारिज जरूर करा ले कहीं ऐसा ना हो जिस प्रॉपर्टी को आपने खरीदा है वह पहले भी दस लोगों ने खरीदी हो और आपकी गैर मौजूदगी में फिर दस पंद्रह लोग खरीद ले तो दाखिला खारिज कराना बहुत जरूरी है चौथा और बहुत जरूरी पॉइंट है कि आप फिजिकल इंस्पेक्शन करें प्रॉपर्टी की क्योंकि कई बार क्या होता है कि कागजों में प्रॉपर्टी फॉर एग्जाम्पल दो नाली लिखी है बट जब आप मौके पर पहुंचते हो तो वो जमीन ही डेढ़ नाली पाती है तो आप ये देख लें जो कागज में लिखा है जमीन उतनी ही है या नहीं है अब इसके लिए आपको करना क्या होगा आप किसी लीगल कंसल्टेंट को हायर कर लें किसी वकील को हायर कर लें या फिर अमीन और पटवारी के पास डायरेक्ट चले जाए तहसील में बैठते हैं वो आपकी मदद कर दे देंगे। थोड़ा सा उनका अपना कुछ चार्ज होता होगा अगर वो मांगते हैं तो दे देना ये उनकी ड्यूटी है डॉक्यूमेंट निकलवाने के कुछ लगते हैं, वो हैं, तो वो आपको बेर करने पड़ेंगे अब बात करते हैं कि इसमें अमीन क्या करता है और पटवारी का क्या रोल है अमीन जो है वो एरिया नापता है वो आपको ये बता देगा की हाँ ये उतना ही एरिया है या कम है या ज्यादा है जितना कागजों में लिखा है पटवारी उसमें जो खेतों के नंबर है या जो खेत संख्या है वो उन कागजों में मैंशन कर देगा तो पटवारी देखकर बता देगा फॉर एग्जाम्पल इक्यावन बावन पचपन नंबर खेत है ये टोटल एरिया इनका ढाई नाली है और ये आपने तीन खेत खरीदे हैं तो पटवारी उसको वेरीफाई कर देगा अमीन जो है अमीन उसका एरिया नाप के बता देगा कि हाँ भाई इनका एरिया वाकई में ढाई नाली है जैसा कागजों में लिखा है जो भी उनका खर्चा लगे आप वो पे करके आप डायरेक्टली भी करा सकते हैं बट बेटर रहेगा कि आप एक लीगल कंसल्टेंट हायर करें बिकॉज छोटी छोटी चीजों के बारे में जानता है अब वो वकील दिन रात तहसील में बैठ के यही सब करा रहे हैं और भी इसके अलावा भी कल को कोई सिविल केस करना पड़े या कोई सिविल या क्रिमिनल केस रिगार्डिंग कोई रिक्वायरमेंट हो तो वकील आपकी मदद कर देगा पांचवा बहुत जरूरी पॉइंट जो याद रखने वाला है वो है रेजिडेंस वेरिफिकेशन आप जिससे भी जमीन खरीद रहे हैं आप उनके घर जाइए बात कीजिए होता क्या है कि कई बार में लोग कहते हैं कि हम तो बाहर रहते हैं देहरादून रहते हैं या कहीं और रहते हैं यहाँ तो केवल अपनी जमीन बेचने आए हैं तो आप जब वहाँ जाते हैं तो पता लगता है कि वो तो कहीं किराए पे रह रहे हैं या कहीं होटल ले रखा है आप वेरीफाई कीजिए अगर कोई कहता है मैं किराये पे रह रहा या ये मेरी अपनी ही जगह है तो आसपास के लोगों से रेजिडेंट से ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी बेस्ट तरीका हो सकता है, है, तो है कमाया हुआ पैसा उस जमीन में लगा रहे हैं कई लोग पांच लाख लगाते हैं कोई दस लगा रहे कोई पचास लगा रहा है कोई एक करोड़ लगा रहा है तो जो भी अगर आप एक पाई भी लगा रहे हैं तो आप वेरीफाई कर लो कि ये ओनर जो है वो जेन्युन है सिक्स्थ और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट फील्ड इन्वेस्टिगेशन फील्ड इन्वेस्टिगेशन रेजिडेंस वेरिफिकेशन का ही पार्ट है जिसमें आप मार्केट में निकलते हो यहाँ वहाँ के लोगों से पूछते हो इसका काम क्या है पता करने की कोशिश करते हो कही ऐसा तो नहीं वो सेलर पहले भी कई लोगों के साथ धोखा कर चुका है तो ये फील्ड वेरिफिकेशन करना बहुत जरूरी है फील्ड इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता लग जाता है की जो बेचने वाली पार्टी है चाल चरित्र किस प्रकार का है अगर उसकी रेगुलर आदत है धोखा देने की तो बचके रहिए उत्तराखंड में प्रॉपर्टीज बहुत हैं साफ सुथरी प्रॉपर्टी लीजिए ताकि पीस ऑफ माइंड रहे और कोशिश कीजिए ब्रोकरों से डीलरों से बचके रहे अगर लेते भी हैं तो जब ब्रोकर्स को और डीलर्स को हायर कर रहे हैं तो एक लॉयर को जरूर हायर करें उसे विश्वास में ले और लॉयर के थ्रू ही सारी डॉक्यूमेंटेशन करो धन्यवाद जय हिमालय जय नंदा जय गंगा मैया